नेशन गुरु में रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले जिस भी पर्सन के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं उनसे आप एफिलिएट लिंक ले सकते हैं नेशन गुरु का एफिलिएट लिंक इस तरीके का होता है यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके का ही जिस भी पर्सन के साथ स्टार्ट करें तो आप एफिलेट लिंक जैसे ही आप लेंगे उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना किस तरीके से आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा नेसन ग्रुप की वेबसाइट पर आप यहाँ देख सकते हैं इस लिंक पर जैसे ही क्लिक किया रिडायरेक्ट हो रहा है nationguru.in के वेबसाइट पे इस पर आप वेबसाइट पे आप ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे जैसे ही आप नेशन गुरु के आप वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शन यहाँ दिखने को मिल जाएगा जिसमें बूस्ट योर स्किल्स प्रोफेशनल कोर्स मतलब आप स्किल्स को डेवलपमेंट कर सकते हैं और आप अर्न कमीशन भी आप डेली कमा सकते हैं इसमें आप किस तरीके से यहाँ रजिस्टर दिया है रजिस्टर का ऑप्शन है दूसरा है लॉन्ग का आप इसको थोड़ा आप नीचे आएंगे तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो आप सेम डे पे आउट वैल्यूबल कोर्स हाई हाई कमीशन पेशिव इनकम और लाइव ट्रेनिंग इसके बारे में आपको शायद पता होगा या नहीं हो पता होगा तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं आप इसमें जो भी आप अर्निंग करेंगे वो आपको सेम डे आपको पे आउट आपको जो भी बैंक अकाउंट यू बैंक ट्रांसफर के जरिए आपको भेज दिया जाएगा जो भी आप अर्निंग करते हैं वैल्यूबल कोर्स है इसमें सा, काफ़ी सारे ऐसे कोर्स हैं जो आप उस कोर्स को सीख करके आप रिलायंस पर आप वर्क कर सकते हैं फाइबर पे ऑफर पे आप वर्क कर सकते हैं उस कोर्सेज में भी आप बताया गया है क्योंकि इसकॉर्स वैल्युबल है उस जितने आप इस्कॉर्स में इनरोल करें जितने भी आप पैसे लगा के उस उससे ज़्यादा का इसमें वैल्यूबल का कोर्स है इसमें कमीशन की बात किया जाए तो हाई कमीशन है पेशिव इनकम का मतलब होता है अगर आप इसमें एक बार वर्क करते हैं तो आपको इसमें पैसे भी आता रहेगा टीम मेम्बर के जरिए जो आप इसमें काम ना भी करेंगे फिर भी पैसे इसमें आता रहेगा लाइव ट्रेनिंग का माध्यम है इस कंपनी रेशन ग्रुप आपको प्रोवाइड कराता है सात दिन में कम से कम पाँच दिन आपको लाइव ट्रेनिंग होगा जो लाइव ट्रेनिंग जूम मीटिंग या किसी भी वेबिनार पे आपको एडिंग होकर आप इस क्लास के बारे में स्किल्स के बारे में किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे आप स्किल्स को सीखेंगे कैसे वो सभी आपको उसमें बताया जाएगा इसका तीन पैकेज है, आप किसी भी पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं ई पैकेज में आपका है एप्लीट मार्केटिंग सेक्सेस टू आप अगर इसको देखना चाहेंगे तो आप व्यू मोड पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं सिल्वर पैकेज में अगर आपको जो भी स्किल्स सीखना है उस पैकेज में आप इन कर सकते हैं सिल्वर पैकेज में आपका है कैनरा मास्टरी इंस्टाग्राम मास्टरी और आपका है वीडियो एडिटिंग आज के समय में जितने भी वीडियो वीडियो मार्केटिंग जो चल रहा है ज़्यादातर लोग वीडियो एडिटिंग करने के लिए नहीं आता है आप इस कॉर्स के माध्यम से आप सीख सकते हैं किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं तो काफ़ी बेहतरीन है और साथ में जैसे आप सिल्वर पैकेज में इनरॉल करते हैं तो आपको इलाइट पैकेज का भी एक्सेस मिल जाएगा इसमें इलाइट पैकेज में आपको एफिलियट मार्केटिंग और सक्सेस टू दोनों कोर्स का एक्सेस दिया गया है आप सिल्वर पैकेज में जैसे इनरॉल करते हैं आपको इसका भी एक्सेस मिल जाएगा गोल्ड पैकेज जो है ये एडवांस कोर्स है पैकेज इसमें आपको ई मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग बेसिक फेसबुक एड्स गूगल एड्स ये सभी आप सीख सकते हैं साथ में टाइम मैनेजमेंट है यूट्यूब मैस्ट्री है उसके बाद इसमें गोल्ड पैकेज में वीडियो एडिटिंग कैनवा मास्टरी और इंस्टाग्राम मास्टरी ये सिल्वर पैकेज और इलाइट पैकेज दोनों का जो एक्सेस है वो आपको गोल्ड पैकेज में मिल जाएगा साथ में जितने भी अपकमिंग कोर्सेज हैं सभी गोल्ड पैकेज में ही ऐड किए जाएंगे आशा करता हूं समझ गए होंगे अब इसमें आपको पे हाई कमीशन सेम डिपाउट इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है साथ में इसका कम्यूनिटी सपोर्ट काफ़ी बेहतरीन है इसमें यहाँ आप क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन देख रहे हैं यह एक चैटबॉड है जिसमें जरिए आप चाहें तो इससे भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कुछ भी सिंपल है क्योंकि इस चैटबॉट भी इसमें ऐड किया गया है साथ में आपको कॉल सपोर्टेड और ईमेल सपोर्टेड दोनों आपको मिलता है आप इसके जिसके भी जरिए साथ में इसका सोशल मीडिया हैंडल है आप चाहें तो इस पर भी विजिट कर सकते हैं फेसबुक ट्विटर इसमें आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आप आई क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के लिए आप रजिस्टर पर आप रजिस्टर नाव पर क्लिक करेंगे कोई एक पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पैकेज सेलेक्ट कर रहा हूँ सिल्वर पैकेज को सिल्वर पैकेज पर आप बाय नाव पर क्लिक करेंगे बाय नाव पर जैसे आप क्लिक करेंगे या आपको क्या क्या इस स्कॉर्सेस में वो आपको देखने को मिल जाएगा फिर से आप बाय नाव पर क्लिक कर सकते हैं बाय नाव पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको चेकआउट फॉरम आ चुका है चेकआउट फॉरम में यहाँ आपको अपना बिलिंग एं, डिटेल्स एंटर करना है जिससे कि आपको जो भी कॉर्सेस आप एक्सेस कर रहे हैं वो आपके सभी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जैसे यहाँ आपने जो भी आपका फर्स्ट नेम है वह आप इंटर कर सकते हैं यहाँ जैसे मैं ऐड करता हूँ शिव और यहाँ मैं एंटर करता हूँ कुमार जैसे मैंने शिव कुमार एंटर किया अब यहाँ जैसे उसका टाउन या सिटी दे सकते हैं जैसे मैं इसका टाउन सेलेक्ट करता हूँ हसनपुर अब यहाँ आपको फ़ोन नंबर उसका एंटर करना होगा आपका जो भी उसका फ़ोन नंबर है वो आप चाहे तो फ़ोन नंबर उसका एंटर कर सकते हैं आपको यहां उसका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा तो उसका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप चाहे तो एंटर कर सकते हैं मैं यहां मोबाइल नंबर उसका एंटर करता हूं जैसे मैंने उसका मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहां आप उसका ईमेल एड्रेस आप एंटर कर देंगे उसके बाद यहां आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं पासवर्ड आप अपना स्ट्रॉन्ग रख लेंगे मैं यहाँ एक पासवर्ड एंटर करता हूँ पासवर्ड एंटर करने के बाद यहां आपको दिखाई देगा पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग है या नहीं है यहां आप देख सकते हैं जितना आप जितना बड़ा अक्षर आप रखना चाहेंगे वो आप रख सकते हैं पासवर्ड एंटर करने के बाद यहां आप देख सकते हैं और यार आपके योर ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें आपको मिल रहा है एफिलियट मार्केटिंग सक्सेस टू सीरीज वीडियो एडिटिंग कैनराम और इंस्टाग्राम मस्ट्री ये सभी कोर्सेस आपको मिल रहा है यहाँ पे विद कैश अप डिलीवरी है इसमें आप आई हैव टर्म एंड कंडीशन को आप अप्लाई करेंगे पहले इस ऑर्डर पर आप क्लिक करेंगे पायलिस ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंडों का वेट कर लेना है कुछ सेकंडों का वेट करने के बाद यहां आपको परचेस गया है जिसमें आपका ऑर्डर जो है सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है उसके बाद आपको नीचे में एक क्यूआर कोड का ऑप्शन आ गया है अब आप इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं तो जिससे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप क्यू कोड को स्कैन करेंगे जब आप पेमेंट करेंगे पेमेंट करने के बाद यहाँ गो टू डैश का एक ऑप्शन दिया गया है आप इस पर गो टू डैश बोर्ड आप क्लिक करेंगे डैश पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने जो भी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर किया था उसके जरिए आप लॉगिन कर सकते हैं लॉगिन आप किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे ही आप अपना ई एड्रेस और पासवर्ड आप इंटर करेंगे पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ आप लॉन्ग इन क्लिक करेंगे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका ये अकाउंट नेशन गुरु में लॉगिन हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं डैशबोर्ड है रेफरल का है पेमेंट का माय कोर्सेस का ऑप्शन दिया गया है यहाँ आप माय कोर्स पे क्लिक करेंगे माय कोर्स पे आपने आपका जो भी कोर्सेस आपने एक्सेस किया है वो कोर्सेस आप यहाँ देख सकते हैं इसमें सारे कोर्सेस यहाँ आपको मिल जाएगा जितने भी कोर्सेस में आपने इनरॉल किया है उस कोर्स को आप यहाँ एक्स्ट्रा लर्निंग करके देख सकते हैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे किस तरीके से अपना नेशनल गुरु में आप अकाउंट को आई को क्रिएट करेंगे इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में